ओ मैं ताई थे प्यार मुहब्बत करना के मैं धनवारन वेने भी करके तू खन वार देव मैं ऐसे नबी तो वनवारलाद पैणा भाई वा सला तो सलाम की सीरत नाओ आप किरदार नाओ अपने खिलाक बेहतर करो अपने अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करो